आपका आत्मनिर्भर भारत का झांकी है इसको आप गौर से देखिए जो अपने भारत का आत्मनिर्भर झांकी है ये आपके सामने से निकलता हुआ ये हमारे देश के आत्मनिर्भर भारत का झाकी निकलता हुआ अभी आप जो ये झांकी देख रहे हैं वो इंडिया गेट से निकल रहा हुआ झांकी है ये लगभग लगभग घोड़े जो होते हैं करीबन छह फीट के होते हैं